मैं लड़का नहीं एक लड़की हूँ अपराध और समाज की रूढ़ीवादी सोच के सामने मेरे सपने हार गए हैं हिम्मत नहीं है मुझमें मैं जानती हूँ कमज़ोर हूँ मैं अपने परिवार पर बोझ हूँ मैं लड़की हूँ नारी शक्ति है दुर्गा है देवी है ये भारी भारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं साधारण घर परिवार की लड़कियाँ असल जीवन में बेबस लाचार अबला पैदा होती है और मर जाती हैं ये कामयाबी सम्मान और गौरव जैसे भारी भारी शब्द हमारे लिए नहीं बने स्त्री होना क्या होता है तुम नहीं समझोगे मेरे भाई सही कहा तुमने तुम कमजोर हो अबला हो क्योंकि तुम ऐसा सोचती हो व्यक्ति की सोच ही उसे कमजोर या शक्तिशाली बनाती है व्यक्ति की पहचान शरीर की आकृति से नहीं सोच आचरण और उसके धैर्य से होती है युगों युगों से आज तक कामयाबी केवल बुलंद सोच और साहस के कदम चूमती है स्त्री या पुरुष होना कोई मायने नहीं रखता हर बेटी को बहन को खुले मन से सोचना चाहिए स्वयं को पहचानना चाहिए बुद्धि भावनाएँ ये क्षमताए ईश्वर ने कुदरत ने कोई भेद नहीं किया तुम्हें तो संपूर्ण व्यक्तित्व दिया है ठीक वैसे ही जैसे किसी महान व्यक्ति को देता है कमजोर नहीं हो तू तू तो खोल पंख मज उठा ये आसमान है तेरा खोल पंख नजर उठा ये आसमान है तेरा तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान है तेरा तू डर नहीं सहम नहीं तू थक नहीं ठहर नहीं तू थक नहीं ठहर नहीं तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान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 कदम तो लक्ष्य साध रूढ़िवादी सोच द्याद तुलिवा वक्त से मिला कदम हौसलों कदम दिखा पंतनो से खोल पंख बेडियों को तोड़ गए को तोड़ कर, सोच नहीं उड़ कर। सोच नहीं ओढ़ के तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान है तेरा तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान देश तेरा घर गली गली गाँव शहर ये तेरा देश तेरा घर गली गली गाँव शहर साहस दिखा सबको उठा शक्ति है तू शास्त्र है तू शस्त्र है तेरे सामने ये लक्ष्य है अब जितना अवश्य है तू देश का भविष्य है तू खोल पंख न उठा ये आसमान है तेरा तू खोल पंख न उठा ये आसमान जाग अब कर दे उदय उम्मीद का सूरज जगा उठ जाग अब कर दे उदय उम्मीद का सूरज जगा पहचान ले तो कौन है वरदान बना विषाफ का कर पहचान बन परिवार की मेरे देश की लिख भाग्य तू तो तक देर बन कमजोर की लाचार की किस देश की परिवार की तू तो खोल पंख नजर उठाये आसमान है तेरा तू तो खोल पंख नजर उठाये आसमान है नहीं ठहर नहीं तू थक नहीं ठहर नहीं तू खोल मंग उठा ये आसमान है तेरा ये आसमान है तेरा ये आसमान है तेरा ये आसमान है तेरा ये आसमान